अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सब इतनी मैं उनकी एक फोटोग्राफ अपने पास रखता हूं हमेशा मैं दिखाता हूं आपको सर ये देखिए सर सर ये सर ये फोटोग्राफ